मौजूद है विकासखंड बक्सा में और एक यहां पर जीती का व्रत था महिलाएं कुछ आई हुई थी और जैसे यहां का किसी का आरोप है किसी में हमारा बच्चा जो है गिर गया था फिलहाल बच्चे की माता के माता पिता के ये आरोप नहीं लगा रहे हैं यहां पर जो ग्रामीण उपस्थिति केवल ये कह रहे हैं कि रोने की आवाज सुनाई दे रही थी पूरा प्रशासन लगभग एक घंटे प्रशान हुआ लेकिन यहाँ पर गोताखोरों को बुला आनंद फार्म में लोग तुरंत हिले और इनका पर्चे जानना चाहते क्या नाम है आपका तो क्या कैसे फोन गया क्या मामला था ये यहाँ ऐसी फोन गया हाँ आप बताइए क्या मामला था यहाँ पर हमारा नाम शेख नौसाद हम पी एस टीम से जुड़े हुए हैं जो कि हमें बचाव राहत कार्य करते हैं किसी भी आपदा में हम पहुँचते हैं यहाँ के कि किसी बच्चे ने हमारे पास फोन किया और कहा महाकाली मंदिर के एक बच्चा गिर गया है उसके बाद हम यहाँ पे छः मिनट में अपना सोर सामान लेकर सब पूरी टीम लेकर पहुँचे उसके तो बाद कुएँ में हम लोग उतरे लेकिन कुएँ में हमें कोई बच्चा मिला नहीं फिर उसके बाद हमारे दो जाँबाज पानी के अंदर उतरे मेरे साथी और पूरा पानी जो है तह तक देखा गया लेकिन अंदर ऐसा कुछ भी नहीं मिला ऐसा कुछ नहीं है जी नहीं आप देख सकते हैं पूरा प्रशासन जो यहाँ पर लगा था साथ में जो है ये रसिकार है